दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर अंजलि अरोरा काफ़ी चर्चा में है जो कि एक फेमस इंस्टाग्राम स्टार हैं हाल फिलहाल अंजलि का एक सोशल मीडिया पर एमएमएस वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग जमकर अंजलि को ट्रोल कर रहे हैं अंजलि अरोरा आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं और जब से वो लॉकअप शो में काम करके आई हैं वो और भी ज़्यादा फेमस हो गई हैं अंजलि के वीडियो में ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे उनकी पहचान का पता लगाया जा सके हालांकि वायरल वीडियो में एक लड़की है जो काफी हद तक अंजलि की तरह ही दिखती है लेकिन वो अंजलि अरोरा नहीं है एंड जो एम वीडियो अब वायरल हो रहा है वो काफी पुराना है वही अंजलि अरोरा तक उनका एम वीडियो पहुंचा तो अंजलि ने उस वीडियो को देख क्या रिएक्ट किया आप खुद ही देख लीजिये आप मुझे नहीं पता की ये क्या कर रहे है लोग है ना कि मेरा नाम लगाकर मेरा फोटो लगाकर कि ये अंजलि अरोड़ा का एमएमएस है ये है वो है आई डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं इतनी चीजें लिखे जा रही हैं यार वाई मैंने क्या बिगाड़ा है मैंने क्या किया है मैं हूं ही नहीं वो दोस्तों वीडियो का एंटक देखने के लिए दिल से शुक्रिया अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अपनी हिंदी को सब्सक्राइब भी कर देना